आए आ गए आ गए दिल देखि नाख अल्लाह बोल जिपिन ले तो पीना बस ले जा ये ये खोते नहीं तू कहिया तुम तो मेरे नाम का ये क्या बदमाश मेरे नाम पे खेल रहे हैं नहीं छोडूंगा लौट जाओ वापस जाओ डेटोड हुआ है फातिमा